अल्लाह तहु ने कुरान मजीद में इशार फरमाया कि जो अल्लाह से डरे इख्तियार करे हम उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और जो उस पर भरोसा करे वैक् तवक्ल अल्लाह फोबू और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले उस पर तवक्कुल कर ले अल्लाह तफी हो जाता है वह या को हो सोला तसिब और वो उसको वहां से देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता तो तकवा और तवक अगर ये नसीब हो जाएं, तो ये मन की पाकिजगी का जरिया तो हैं है ही है इससे रिस्क में भी कुछ शादियां पैदा होती हैं वो खजाने गैब से अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है रिस्क की बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है शुक्राने नमत जब हमें नमतें मिलती हैं तो उन पर अल्लाह का शिक्र अदा करें तो उसका अमली नतीजा यह है कि फिर हमें बरकत नसीब होंगी फरमाया ल इन शक्र तुम ला अजीज नगर तुम उसकी नियमतों का शुक्र अदा करोगे तो वह तुम्हें और ज्यादा अता फरमाए उसने हमें जो नियमतें अदा की हैं इतनी ज्यादा है कि हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते फरमाया गया कि अगर उनकी नियमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो तो उसने हमारी जरूरियात को पूरा किया है जो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत मादी जरूरत है इस दुनिया के अंदर वो ऑक्सीजन है और वो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ नहीं रखना पड़ता अल्लाह ताला ने उसकी इतनी फरावानी की हुई है कि जहां भी जाएं उसको ताज़ा ऑक्सीजन मैसर है तो ये जितनी ज्यादा जरूरी थी उस कदर ही ज्यादा फरावा हमारे लिए रखी गई है अगर हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती तो एक आदमी को एक दिन में कितने सिलेंडर चाहिए थे और फिर किस कदर जिंदगी में दिक्कत और मुशक्क़त आ जाती उसके बाद दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है पानी ऑक्सीजन के बाद पानी के, के बगैर हम ज्यादा देर नहीं अपने आप को बरकरार रख सकते हती के एक ख़ास मुद्दत तक पानी ना मिले तो मौत वाक्य हो जाती है तो पानी को भी फराव रखा गया है आसमान से भी पानी बरसता है जमीन से भी पानी निकलता है चश्मों से भी पानी फूटता है बर्फ भी पिघलती है दरिया भी बहते हैं तो अल्लाह ने उसके लिए बहुत सारे असबाब रखे हैं ताकि हम पानी से महरूब न रहे तीसरी चीज हमारी है खुद की चीजें खाने की चीजें जो हमारी जरूरियात हैं तो वो भी दिन में कम अज कम एक मरतबा तो हमें जरूरी चाहिए और सेहत को अच्छा रखने के लिए दो मरतबा चाहिए उसके लिए थोड़ा सा तरद करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद फिर हमारी रिहायशी जरूरतें हमारे लिबास की जरूरियात है तो जितनी जरूरत ज्यादा अहम है हमारी उस कदर ही उसका उसूल आसान रखा गया पर अल्लाह तला ने हमारी ये ज़रूरत ऑक्सीजन है इसको अपनी जनाब से इतना फराम कर दिया कि हमें उसके लिए कोई मुशक्क़त नहीं उठाना पड़ती जिस तरह हमें खाने के लिए तरद करना पड़ता है पहले उसको कमाओ फिर घर लाओ फिर उसके बाद उसकी तैयारी के मरहल हैं अगर ये सब कुछ ऑक्सीजन के लिए हमें करना पड़ता तो ज़िंदगी कितनी कठिन और कितनी मुश्किल हो जाती है तो ये उसकी करम नवाजी है कि उसने हमारे लिए उसको आसान रखा है तो कहा अगर तुम इख्तियार करो और अल्लाह ताला जल्ला शाहू पर तवक् और भरोसा करो तो तुम्हें वो वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा अल्लाह के महबूब ने शाद फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्ल करने का हक अदा करो वो तुम्हें ऐसा रिस्क दे जैसा परिंदों को देता है तो जब वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फला अड्डे पे जाना है दुकान पे बैठना है फैक्ट्री में जाना है फला जगह मजदूरी करनी है लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है लेकिन फरमाया कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं फिर जिसकी जो जरूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है सारे परिंदे एक जैसी गजा नहीं लेते इसी तरह मुख्तलफ जो अल्लाह तला ने मखलूक पैदा की हैं उन सब की अगजिया एक जैसी नहीं है कुछ परिंदे कुछ खाते हैं कुछ कुछ खाते हैं अल्लाह सबको उनकी जरूरत वहां पहुंच जाता है बल्कि मैं कहा करता हूं ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और ये सुचे मोती खाते हैं और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हजारों लाखों रुपए दे हम किसी से लें तो फिर भी बाज यकीन नहीं होता कि यह खालिश है या ना खालिश है लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोजाना सुबह शाम चाहिए होते हैं और एक जानवर नहीं दुनिया के ऊपर करोड़ों है मेरा रब हर रोज हर एक की जरूरत को पूरा फरमाता है तो जिसकी जो जरूरत है वो पूरी होती है